नमस्कार मिथिला मैं हूँ प्रणुका मिश्रा इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस से मिर्जापुर में लगातार बारिश के कारण भारी जलजमाव कई लोगों के घर में घुसा बारिश का पानी बिहार में लॉकडाउन चार या अनलॉक मिलेगी छूट या रही पाबंदी नीति सरकार कर रही विचार कोरोना के हालात को कौन बेहतर संभालता है मोदी या राहुल जनता ने दिया जवाब वैशाली के मुस्लिम मुखिया ने तेजस्वी यादव पर पढ़ा जरा आरोप जदयू की ओर से कई नेताओं ने बोला मोर्चा पीएम के साथ समीक्षा बैठक में बंगाल के नेता प्रतिपक्ष को बुलाए जाने पर बोले तेजस्वी इसका पालन बिहार में भी हो बिहार बंगाल ऐसी यूपी तक यहाँ ऐसी पानी पानी जाने अगले तीन दिन तक कैसा रहेगा मौसम का हाल गैर मुसलमानों को मिलेगी भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऐसी आए शरणार्थियों ऐसी मांगे आवेदन अररिया में कोरोना आरोप होगा जमीन और आसमान ऐसी प्रहार चेन्नई ऐसी आए डो रोन यहाँ की जैसे सात की मौत है सुबह में भारी दवाई मुआवजू का एलान नमस्कार मिथिला आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फाइव पैसा डॉट कॉम के साथ शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो जीरो प्रतिशत ब्रोकरेज सिर्फ बीस रूपए प्रति ऑर्डर की फी दो एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करो और डाउनलोड खोलो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिंग तभी मैं जल्दी करता है जल्दबाजी नहीं निश्चिंत हो के सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ डाउनलोड गूगल पे नमस्कार मिथिला के बाद एक बार फिर से स्वागत है आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे दरभंगा के मिर्जापुर इलाके में लगातार बारिश के कारण भारी जलजमाव कई लोगों के घर में घुसा बारिश का पानी वहां के स्थानीय लोग भारी जलजमाव से परेशान गौशाला में भी गया बारिश का पानी उसके कारण वहाँ की गाय और वहाँ के कार्यकर्ता बहुत परेशान बिहार में लॉकडाउन चार या अनलॉक मिलेगी छूट या जाय रहेगी पाबंदी जी सरकार कर रही विचार कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार कुछ नई छूट के साथ बिहार में लॉकडाउन की सीमा को एक सप्ताह बढ़ा सकती है इस दौरान प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी ताकि लोगों को कम दिक्कत हो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन तीन की मियादी एक जून को समाप्त हो रही है माना जा रहा है की एक दो दिनों में आपदा प्रबंध समूह की बैठक प्रतिबंधों में ढील दिए जाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा बिहार बंगाल ऐसी यूपी तक याद ऐसी पानी पानी जाने अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल चक्रवर्ती तूफान यास का असर बंगाल ओडिशा से लेकर अब तक यूपी बिहार समेत कई देश के कई इलाकों में दिख रहा है यास तूफान की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ले ली कि बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक पानी पानी हो गया है बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना विगरा रूप दिखा रहा है बिहार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है कि सावन भादों का महीना है वैशाली के मुस्लिम मुखिया ने तेजस्वी यादव पर बड़ा जरा आरोप जदयू की ओर से कई नेताओं ने खोला मोर्चा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर एक मुस्लिम मुखिया की वीडियो ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है ये मुखिया तेजस्वी के निर्वाचन क्षेत्र रघोपुर के है वैशाली जिले के मंच के मुखिया मुजाहिद अनवर ने कहा की उनके इलाके में हर रोज कोरोना ऐसी मर रहे हैं लेकिन क्षेत्र का विधायक होने के बावजूद तेजस्वी यहां देखने के लिए आना तो दूर एक फोन कॉल तक नहीं किया मुखिया का कहना है कि उन्होंने फोन कर इसकी जानकारी कई नेताओं को दे दी और गांव में सैनिटाइजेशन के लिए आग्रह किया लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उनकी गुहार पर कोई रिस्पांस तक नहीं लिया बार फोन किया कि यहाँ पर कम से कम छिड़काव किया जाए लोग आम मैंने इसके तरीके से जैसा मकई पीटाता है उस ढंग से हरोज मर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस जब एक मुखिया कोई रिस्पॉन्स आदमी नहीं ले सकता है तो सोच लीजिए कि आम पब्लिक का क्या हालत होगा यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आज तक देखने के लिए नहीं आया ते तेजस्वी यादव सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए की तो मुसलमान हमारा है मुसलमान का वोट दीजिए मुसलमान का वोट दीजिए लेकिन मुझे लगता है की उससे गिरा हुआ कोई प्रतिनिधि होगा नहीं की एक बार देखने के लिए क्या एक बार फोन तक उन्होंने नहीं किया होगा की क्या कहते हैं हम लोग किस हालत में किस हालत में नहीं और हम पूरे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक मुखिया होने के नाते मैं एकदम ये करता हूं कि कभी भी मैं यही कहूंगा कि सारे मुसलमान राज्य से दूरी पाए राजद हम लोगों का कभी नहीं हो सकता है बताइए कि कि आपने कहा सत्रह लोग मरे हैं तो सिर्फ है? नमस्कार मिथिला आज लिए जाज जाज के लिए बस नई फिर मिलते हैं लेकिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें खर विज्ञापन के लिए संपर्क करें सिक्स टू सेवन फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करे हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इस सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिया है इस वहां हमारे कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सेनेटाइजर लेकर निकले और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा दो की दूरी बनाए रखें जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे आज के लिए बस नहीं देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज नमस्कार मिथिला